हमने पे बहुत भरोसा किया 20 दिन के लिए हमने तेरे लक पर बहुत पैसे लगे हुए हैं और तू जाना चाहता है मैं जाना चाहता अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है तुझे यह लाया कौन तेरा लक और तुझे भेजेगा कौन तेरा लक अब तुझे तेरे लग से ही तेरे पासपोर्ट को जीतना होगा तेरी जिंदगी के ढाई मिनट तेरी तकदीर का फैसला करेंगे जहां तू खड़ा है ना उस रेत पे दो पिस्तौल गाड़ी जाएंगी, एक तेरी एक मेरी एक गोली डाली पांच खाली सिर पे तानी, खोपड़ी खाली अगर तेरा लग मूसा से भी तेज निकला तमाग तो क्या मुंह भी तुझे नहीं रोक सकता